किसी ने क्या खूब कहा रास्ते कहा खत्म होते हैं जिंदगी के रास्ते कहा खत्म होते हैं जिंदगी के मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। मैं संजीव हंस एक नई कहानी के साथ एक मेटकों की टोली जंगल के रास्ते में जा रही थी अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा तो बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े होकर सभी मेंढक चिल्लाने लगे तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते गड्ढा बहुत गहरा है तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद ही छोड़ दो उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार उछलते ही रहे बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार ही मेहनत कर रहे हो तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए तुम नहीं निकल सकते गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने शायद ऊपर खड़े लोगों की बात ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली थी और उछलना छोड़कर वो निराश होकर कोने में बैठ गया दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था बाहर सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए पर वो मेंढक शायद उनकी बात सुन ही नहीं पा रहा था और उछलता रहा और काफी कोशिशों के बाद वह बाहर आ गया दूसरे मेंढको ने कहा क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो तो बहरा है इसलिए वो किसी की बात भी नहीं सुन पाया वह तो यह सोच रहा था कि ये सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं कहानी से हमें सीख ये मिलती है जब भी हम बोलते हैं उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है इसलिए हमेशा सकारात्मक बात बोले नंबर दो लोग चाहे जो भी कहें आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें कड़ी मेहनत अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है तो ये थी छोटी सी कहानी संजीव हंस के साथ ओके okay फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ आपका दिन मंगलमय हो